क्रिकेट के मैदान से लेकर अपनी निजी जिंदगी में धोनी ने कई मुकाम हासिल किए हैं अपने व्यक्तित्व और सौम्य छवि की वजह से धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है और उनके व्यवहार को लेकर अक्सर उनकी तारीफ भी होती है हालांकि धोनी की निजी जिंदगी की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में लोगों को तब पता चला जब उनकी बायोपिक बनी हम बात कर रहे हैं धोनी के पहले प्यार की जो अधूरा ही रह गया धोनी का पारिवारिक जीवन फिलहाल तो खुशहाल है और वे अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब धोनी अंदर से बेहद टूट गए थे धोनी की उम्र जब 20 साल थी और वे भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए थे उसी वक्त उन्हें प्रियंका झा नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया था दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ गया था कि धोनी प्रियंका के साथ शादी कर जीवन बिताने की तैयारी भी कर चुके थे प्रियंका झा धोनी की सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही नहीं थी बल्कि वह उनकी ताकत भी थी मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार वह टीम इंडिया में जगह पाने के लिए कमर कस रहे थे और इस दौरान उन्हें इश्क हो गया ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला भी कर लिया था महेंद्र सिंह धोनी और प्रियंका झा का रिश्ता मज़बूत हो रहा था और यह उस अवधि के दौरान था जब माही को 2003 से 2004 में ज़िम्बाब्वे और केन्या के दौरे के लिए भारत ए टीम के लिए चुना गया था विकेट कीपर बल्लेबाज़ ने मैदान पर अपने कौशल दिखाए और लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा देश के लिए खेलने की इच्छा रखने वाले युवा बल्लेबाज़ ने त्रिकोणीय टूर्नामेंट में छह पारियों में तीन रन बनाकर सभी को चौंका दिया इस तरह धोनी ने तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और अंतरिम कोच रवि शास्त्री का भी ध्यान आकर्षित किया जिसकी वजह से धोनी को 2004 में बांग्लादेश का दौरा करने वाले एक दिवसीय टीम में मौका मिला इन सबके बीच धोनी के निजी जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा था जिसके बारे में उन्हें मालूम तक नहीं था जो आदमी सबको गौरवान्वित कर रहा था उसे यह भी पता नहीं था कि वह उस व्यक्ति को खो चुका है जो उसके दिल के करीब था उसकी ताकत उसकी हर चीज़ प्रियंका झा जी हाँ महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी महिला मित्र प्रियंका झा के साथ बिताने का फ़ैसला किया था वर्ष 2002 में उनका एक सड़क हादसे में निधन हो गया इसके बाद जब माही टूर्नामेंट खेलकर घर लौटे तो उन्हें पता चला कि प्रियंका का गंभीर चोटों की वजह से जीना मुश्किल है माही इसके बाद पूरी तरह टूट गए अपने पहले प्यार से शादी करने के उनके सपने खत्म हो गए और वह भी बेहद बुरी तरीके से इन सब के बावजूद धोनी ने हार नहीं मानी और फिर से क्रिकेट के मैदान में लौटे और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना शुरू कर दिया साल 2010 में 4 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी अपनी बचपन की दोस्त साक्षी सिंह रावत के साथ शादी के बंधन में बंधे उनकी एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम जीवा है लेकिन यह कहा जाता है कि कैप्टन कूल कुल का झा और उनके साथ साझा किए गए पलों को कभी नहीं भूल पाए इस अनकही कहानी को दिखाने के लिए यह कहा जाता है कि निर्देशक नीरज पांडे ने धोनी की अनुमति ली थी जिसके लिए वह सहमत भी थे